और देखिए सब मम्मी तैयार हो रही हैं और मैं भी तैयार लग रही होंगी आपको क्योंकि आज और ये देखिये नहीं ये ऐसे ही जाएगा ये, ये ऐसे ही जाएगा ये इंसान ऐसे ही जाता है आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा तो अभी ये तैयार तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने और कहाँ जा रहे हैं ये जानना है तो आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और अभी सब नीचे भाभी तैयार हो रही हैं और आपसे अब गाड़ी में चल के मिलते हैं निकलने वाले हैं और ये लड़का बहुत लेट करता रहता है ये लेट लतीफ़ इंसान ये देखिए इसका ड्रेस देखिए आप जरा स्टैंडर्ड आदमी का अब चलते हैं अच्छा फैन और स्विच ऑफ करने में जा रही है अब हाँ ले ले लें गुड मॉर्निंग बड़े पापा गुड मॉर्निंग सब सामान हो गया है चलिए पहनने का कोई बात नहीं वहाँ चप्पल खोल के जाना है ना? चप्पल खोल के ही जाना है गाइस एक मिनट एक मिनट मुझे बोल दीजिए अच्छा, अच्छा। गाइस तो अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं घूमने देवी स्थान है कि यहाँ पास में तो वहां पर जा रहे हैं लहरा देवी क्योंकि आज मेरा है बर्थडे और मैं बर्थडे इस बार इस तरीके से सेलिब्रेट करूँगी तो हैप्पी बर्थडे टू मी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 मम्मी को बुलाओ ना। फाइनली पूजा पार्ट डन और अब चल रहे हैं गाड़ी की तरफ और चलते हैं घर शायद घर चले फिलहाल पता नहीं किस चीज़ का प्लान है कुछ पता नहीं है बर्थडे ऐसा ही मन गया इस बार मेरा और बस तो यही था हो कि आप इंजॉय किए होंगे जितना कोशिश कर पाए हैं उतना आपको घुमा दिए हैं पूरा इंजॉय किए होंगे अब चलते हैं कार्य राजा चुके हैं गाड़ी के पास और ये रहे नि पापा सब लोग आ गए हैं सब लोग सब लोग घूम लिया कैसे कैसा लगा सबको अच्छा लगा सब लोग मम्मी ये पापा तो ये था मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन और अब चलते हैं घर पर चल के आ देखे अरे वाह मम्मी जी अभी चल रहे ये बीच में ट्रैक आ गया है एंड यू? एंड यूपी एंड वेज एंड नॉन वेज यू पी तिर ढाबा एवं आ चुकी घर पर और ये देखिए पीछे से मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ बाल बुरा कर लिया इतनी गर्मी लग रही थी और ये देखिए मम्मी होली रिकॉर्ड करो दिखाने के लिए कि मम्मी ने मिठाई भी खिलाया है तो आज बर्थडे कमा तो बर्थडे मन गया अब जा रहे हैं आराम करने बहुत टाइम लगा बट मज़ा आया